अब हम चले नैनीताल रोड में भुजिया की तरफ को और ये सर बैठे चला रहे हैं गाड़ी और सर आज कौन सा दिन है हमारा नवा दिन है सर हल्का सा ब्रेक लेके अगले ट्रक आ गया है दूसरा गेयर लगा लीजिए साइड लगा लीजिए साइड पहला गेयर लगा लीजिए आप चलो चलो आ ब्रक्श पड़ा ब्रक्श पान उठा के चलो रेस दो बृक्श पान उड़ो स्टार्ट करो चलो जने तो जने तो। दो। चलो आ चलने तो रहा है रेस दो चलो चलो चलो छोड़ तो दो बहुत बढ़िया आज नबे दिन के ड्राइव नैंदाल रोड में थोड़ा सा ऑरन का प्रयोग करें गाड़ी रेस मांग रही है थोड़ा भाई इसको पीछे वाले को फाँस दे दो। ये कुमागी रोडवेज बस चले गई नैनीताल को चौथा तो तो सर सर नहीं नहीं ये रही है फुल दे रखा अरे तो लगेगा अभी अपनी साइड से रेस दे दे रेस दे के रेस रेस रेस तो ब्रेक मार दिया था रेस रेस चल रही है रेस तो ये बोरा बोरा दे बोरा। दे है है रखा दबा के रखो क्या दबा के रखो इस छोड़ दे रहा हूँ अब कम करो थोड़ा मुझे लगा कि जो है वो खाली वो होना है खाली टच करना है ने ने। आपको लाने गया ये मेरा कह रहा रहा यार मतलब चल ना मैं, ने ने चल ना मैं। ऐसे रास्ते पे ले आया तो आज मैं और चलो बेटा मैं ये पहाड़ है ऐसे भुट्टे वाले बैठे हैं देखो मेरी साइड साइड चौड़ा था रास्ता नहीं आया ना अभी वहीं तो जाएंगे क्या तो तो मौसम हो रहा है था है मैं ना जो क्लास था ना उसको तो छोड़ दे रहा था पहाड़ में भी ऐसे चल रही है बत्तीस छत्तीस ये है हमारे जॉक साहब बस यही था, था। चलो चलो चलो